तुझो मुझे आ मेरा सपने हुए सरफरे फिर हाथों हाथ नहीं उड़ते लम्हे मेरे मेरी हंसी तुझसे मेरी खुशी तुझसे तुझे, तुझे, तुझे खबर